उड़ा दो क्या दोन मारते रहते है, शर्म नहीं आती तेरको, मर जाएगा अरे समझा रहा हूँ इस गंजेड़ी नशेड़ी को पूरा दिन हुका, दारू हसीम गांजा हीरो विलन सब फूकने थाले को hey, hey, मेरे को देख मैं न दारू को हाथ लगाता हूँ ना सिगर को हाथ लगाता हूँ को हाथ हाथ हाथ लगाता लगाता अरे ये हाँ तो भी हाँ नहीं तो ट लाया क्या तुम हाँ तो तु? सुन एक बटर चिकन बटर पराठा बटर नान हैदराबादी चिकन बिरयानी बटर में और बटर नूडल लेके क्या सर नूडल्स में बटर नहीं आता अरे तो तू बटर डालना यार और like so, you know, like मैं एक ऐसी चीज खाता हूँ सो गुड इट्स सो गुड इट्स फैट फ्री प्रोटीन फ्री कार्बोहाइड्रेट फ्री शुगर फ्री एंड ग्लूटेन फ्री अच्छा वो क्या है बारह वेटर, दो प्लेट बरफ लाना। बो हेल्थ मैं अभी आई तो <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> तो <laughs> रोड क्रॉस करने के लिए मदद भी नहीं कर रहा मैं हूँ नचा अच्छा उसकी मदद करूंगा कुछ बेचारोधरी नींद देखो बैठ के चलो अंकल आपकी मदद करता रोड करने हूँ संभाल के यहाँ बहुत घड़ी आ जा रही है बहुत खतरा अंकल अभी मेरी बात सुन तू यहाँ ऐसी चुपचाप सीधा जाएगा दस मिनट तक वापस नहीं आएगा मेरे को थैंक यू बोलेगा समझा चल के अंकल संभाल के घर पहुँच जाना ठीक है अरे खट्टा खट्टा करवा दिया बेचारे गरीब को रोड आज मैं नहीं नहीं होता तो शायद पहुंचता बस से करना मीम की कितने मीम मैंने ना उससे बड़ा आदमी अपने लाइफ में नहीं देखा होगा सही का सही का तूने उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता क्या बोला तूने आदमी नहीं उससे पहले बड़ा नहीं उससे भाग सिमरन। हाँ। तुझे पता मैं बस पता चल जाता है मुझे अच्छा क्या कर करे तुम लोग अरे समझा रहा हूँ कि गंदी गंदी गालिया नहीं दे। सिमू, मैं गालिया नहीं देता हूँ बिल्कुल भी नहीं कितनी अच्छी बात है अबे नीच इंसान नियत से भरवाया तू क्या नियत ऐसी कड़वाया तू कड़वा अरे गाली देने ऐसी नहीं बनता है कोई दूध बाकी एकदम चुप सिमरन तुम चली जाओ तुम चली जाओ सिमरन यहाँ का वातावरण बहुत प्रदूषित हो चुका है आई I मीन mean, यहाँ का वातावरण बहुत प्रदूषित हो चुका है